हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटी वाला आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आगे से आगे शेयर करना गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से गाइस जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा वो भी वे पार्टिसिपेट कर पाएगा न्याय कोई भी वे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और गैज मैं हर वीडियो में दो रिपीट रिडीम को देता हूँ शुरू के दो बंदे रिडीम कर सकते हैं इसलिए गैज जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो गैज फ्री डायमंड और आलोग चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास आए और आप आलो क्या रेडम कोड ले सको और गाय जिनको भी आलोक या कोई भी क्या कहते हैं डायमंड चाहिए तो आप अपनी आईडी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख दो है छोट जीत के अब दूसरा राउंड शुरू होता है गाइज देखते क्या होता है हमने यहाँ पर पाइप उठा ली है देखते रहिए गाइज क्या होता है जाते हैं आगे वो सामने बंदा है गाइज़ यहाँ पर कैसे आया बंदा कैसे भी यार उसको डाउन कर दिया अपना बंदा भी अपने बंदे भी दो डाउन हो गए हैं ये इनके भी दो डाउन कर दिए अपने को रिवाइव देते हैं और गाइज गाइज वापस कह देता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज प्लीज़ इतना कर दो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे से आगे शेयर करो गाइज जीत के अब इसको रिवा करते हैं अपना नाम मानिए हमारे पास एक ही फार्म और एक एम फाइव देखते रहिए क्या होता है भैया होता है या नहीं होता है गैज भैया होगा या नहीं होगा देखते रहिए गाइज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा वो गिवे पार्टिसिपेट कर पाएगा और जिनको गेवे पार्टिसिपेट करना है उनको करना क्या है वह चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना ये उस कर दो उसमें मदद कर दिया ये लो डाउन हो गया एक और आ गया बंदा गाइज एक और आ गया बंदा इनका इसको पूरा ख़त्म करते हैं कर दिया पूरा ख़त्म उसको उसने डाउन कर दिया एक रहा है मेरे हिसाब से गाइज एक ही रहा है हो गई जीट लास्ट राउंड रहा है गाइज लास्ट एंड फाइनल क्या होता है भूया होता है या नहीं होता है गैज भूया कर दिया तो सब्सक्राइब करना है गैज इस बार भूया हो जाए तो आपको सब्सक्राइब करना है गाइज गैस भूया हो जाए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा प्लीज गाइज इतना कर दो गाइज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे से आगे शेयर करो गैस जितना हो सके उतना शेयर करो ग्रेनेड से डाउन हो गए एक बंदा ग्रेनेड से डाउन हो गया सामने वालों ने ग्रेनेड किया तो गैस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसको पूरा खत्म कर देते हैं और ऊपर बंदा है गैस भैया हो गया इसी बात पर सब्सक्राइब मारो मिलते हैं किसी वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय